गुलो गुलजार गुहर चाद सितारे बच्चे रंगूर के पैकर हैं ये सारे बच्चे आईने हैं कि दमकते हुए चेहरे इनके ऐसे शफा की दरियाओं के धारे बच्चे कितने मासूम के साफ पकड़ना चाहें, कितने भोले कि छूते हैं शरारे बच्चे आने वालों को बता देते है घर की बातें आने वालों को बता देते हैं घर की बातें कब समझते हैं ये आंखों के इशारे बच्चे खुद से 10-20 बरस और बड़े लगते हैं खुद से 10-20 बरस और बड़े लगते हैं घर बनाते हुए दरिया के किनारे बच्चे गांव जाता हूँ तो चौपाल का एक बूढ़ा दरख्त गांव जाता हूँ तो चौपाल का एक बूढ़ा दरख्त बाहें फैला के ये कहता है कि आरे बच्चे अब न वो खेल खिलौने न शरारत फ़ारुक़ अब न वो खेल खिलौने न शरारत फ़ारुक़ कितने खामोश अकेले हैं ये हमारे बच्चे